तेरी याद सताती है तेरी आस सताती है पल पल दिल का चहन ले जाती है पल पल दिल का चहन ले जाती है ओ गुंगुलों की तरह मेरा दिल है ये पछता दस सच्चो तेरी हो जाती है दस तक जो तेरी हो जाती है हो तेरी याद सताती है हो तेरी याद सताती है पल पल ब दिल का चैन ले जाती है पल पल बदल का चैन ले जाती है ते हो तो तेरी आँखों का नशा मुझ पर ऐसा है चेरा शरीर में तू नजर आती है शरीर में तू नजर आती है वो तेरी याद सताती तो है।, है तो तेरी याद सताती है पल पल बिल का चैन ले जाती है पल पल बिल का चैन ले जाती है तो मेरे दिल की क्या कथा जिसको मिली हुआ सजा चाकर की नजरे ना चपाती हैं चाकर भी नजरे ना चपाती हैं वो तेरी आंसती है वो तेरी आंस जाती है पल पल दिल का चैन ले जाती है पल पल दिल का चैन ले जाती है